तेईस चौबीस 25 फरवरी को G20 की बैठक खजुराव में होगी इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। खजरा सांसद बीडी शर्मा ने कहा बड़े स्वभाग की बात है कि G20 देशों की बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रही है और उस G20 देशों की जो छप्पन जगह भारत में तय हुई है खजुराव भी उनमें से एक है दो मीटिंग खजुराव में होंगी खजुराओं सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी शर्मा ने जी बैठक की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे पूरा खजुराव हम सब मिलकर उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और यहाँ इतिहास बनेगा वर्ल्ड डायरेक्टरी आइकोनॉक सिटी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे हम यहाँ पूरा करके दिखाएंगे मैं सभी से अपील करता हूँ कि खजुराओं के अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व भी आने वाली अतिथि पहुंचेंगे पन्ना के मंदिरों को भी वो दर्शन करेंगे हम सबको मिलकर स्वच्छता का संदेश यहाँ से देना है आयोजन किया गया हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है की जी देशों की बैठक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को मिली है और उस जी देशों की जो 56 प्लेसेज भारत के अंदर तय हुए हैं हम सब सौभाग्यशाली है कि खजुराहो भी उसमें से एक है दो मीटिंग्स खजुराहो के अंदर होंगी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे पूरा खजुराहो हम सब मिलकर के उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं और इतिहास बनेगा दुनिया के लोग खजुराहो आएँगे वर्ल्ड हेरिटेज और आइकॉनिक सिटी माननीय प्रधानमंत्री का जो सपने का शहर है कि पूरी दुनिया के लोग आकर के देखेंगे मैं सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूँ खजुराहु के छतरपुर जिले के पन्ना ज़िले के पन्ना टाइगर रिजर्व भी जाएंगे पन्ना के मंदिर भी देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर के स्वच्छता का अभियान कि भारत स्वच्छ देश बन गया मान्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगना चाहिए कि दुनिया के देश आ हैं तो हमारा खजुराहो सुंदर शहर है स्वच्छ शहर है हरा भरा शहर है तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि सबकी सहभागिता हो शर्मा ने कहा ये हमारे लिए बड़ी बात है कि पूरे जी ट्वेंटी की मीटिंग में कल्चर की बैठक हमारे यहां होगी वो और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कल्चर की बैठक यहां होने से पूरी दुनिया को खजुराओं से टूरिज्म का संदेश पहुंचेगा और खजुराओं टूरिज्म की दृष्टि से पूरी दुनिया ऐसी कनेक्ट होगा अरे देखिए कई प्रकार की चीज है इसके कारण से खजुराओं बहुत अच्छा बनेगा और कल्चर की मीटिंग है ये हमारे लिए बड़ी बात है की पूरे जी की मीटिंग में कल्चर जो